आज हम डाइट प्लान उन लोगों के लिए लेकर आए हैं जो अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं लेकिन वज़न बढ़ाना और वज़न सही तरीके से बढ़ाना दो तो अलग बातें हैं अगर आपको लगता है वजन बढ़ाने के लिए सारा दिन कुछ भी खाते रहना है या फिर कितना भी मीठा खा सकते हैं तो ये वज़न बढ़ाने का सही तरीका नहीं है इससे आप मोटापे का शिकार हो सकते हैं और धीरे धीरे मोटापे से होने वाली अनगिनत बीमारी का शिकार हो सकते हैं दिन की शुरुआत हम करेंगे गुनगुने पानी से हल्का गर्म पानी ले लें और एक से दो तो गिलास लिए गुनगुना पानी एक जगह बैठकर कर सुबह खाली पेट गर्म पानी पीने से हमारे बॉडी से जोक्स बाहर निकलते हैं और हमारे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन और बेहतर हो जाता है इसलिए आज आपके लिए लेकर आया हूँ पूरे दिन का डाइट प्लान इसे आप सही ढंग से फॉलो करते हैं तो आप सही तरीके से वज़न बढ़ा पाएंगे तो अगर ये वीडियो आपके मतलब किए है तो और वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं पानी पीने के आधे घंटे बाद छः से सात भीगे हुए बादाम और अखरोट ले, ले लें बैग हो के खाने के इसके फायदे भी बढ़ जाते हैं और ये बचाने में भी आसान हो जाता है अब इसके बाद आप एक घंटा वर्कआउट यानी कि एक्सरसाइज के लिए भी जरूर निकालें वर्कआउट जितना वेट लॉस के लिए ज़रूरी है उतना ही वेट गेन के लिए भी और कोई भी डाइट तभी काम करेगी तब इसके साथ आप वर्कआउट भी करेंगे इसके लिए टाइम टाइम निकालें और सुबह के टाइम ही निकालें इसके आप वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं या फिर योगा जोगिंग या फिर स्विमिंग इत्यादि बर्कआउट से आते ही अच्छा न्यूट्रिशन मीट ले हैं। चाहें आप बनाना शेक ले सकते हैं क्योंकि आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है लेकिन इसे भी हेल्दी तरीके से बनाना है इसमें चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना इसे बनाने के लिए आप फुल क्रीम या मलाई वाला दूध ले सकते हैं इसे दो केले तक डाल सकते हैं जो भी नट्स डालना चाहें बादाम काजू अखरोट किशमिश भी सब डाल सकते हैं अगर कुछ मीठा डालना ही हो तो शहद डाल सकते हैं और इस तरह से एक टेस्टी और हेल्दी शेक तैयार कर लें वर्कआउट से आते ही पिएं। इस शेक को लेने के बाद ब्रेकफास्ट करने चाहें और आप कितने भी बिजी क्यों ना हो अपना ब्रेकफास्ट कभी मिस ना करें एक हेल्दी न्यूट्रिशन करने से आपकी एनर्जी पूरा दिन बनी रहती है और आप ज़्यादा एक्टिव रहते हैं ब्रेकफास्ट में आप दो स्टफ पराठा या फिर पोहा इडली सांभर उपमा चीज़ी सैंडविच या कोई भी हेल्दी चीज़ या फिर चिल्ला ले सकते हैं इसमें कोई भी एक चीज़ ले लें और आप अपनी मनपसंद चाय ले सकते हैं ब्रेकफास्ट के दो घंटे बाद आप फल खा सकते हैं जो भी आपके शहर में मौसम का फल खा सकते हैं जैसे सेब नाशपाती खरबूजा तरबूज अंगूर पाइनएप्पल इस्ट्रॉबेरी कीवी पपीता फ्रूट फु, हमारी बॉडी को फाइबर भी देते हैं न्यूट्रिशन भी फल खाने के दो घंटे बाद आती है लंच की बारी लंच में आपको ये चीज़ लेनी है दो चपाती बाउल राइस एक बाउल दाल और कोई भी कड़ी एक बाउल सब्जी और दही और इसके दो घंटे से तीन घंटे बाद आती है डिनर की बारी आपके दिन का सबसे लाइट मील होना चाहिए डिनर में सबसे पहले सलाद जरूरी लें इसके बाद चपा दो चपाती लें इससे साथ बॉल दाल बॉल दाल या सब्जी अगर डिनर के बाद भी आपको भूख लगती है तो रात को सोने से एक घंटा पहले एक गिलास भुंगुना दूध लें इसमें आप शहद डाल सकते हैं या फिर इसके साथ खजूर ले सकते हैं अब देखते हैं कि आप इस डाइट में और क्या क्या ले सकते हैं अगर किसी भी मील के बाद मीठा खाने का मन करे तो एक पीस डार्क चॉकलेट ले सकते हैं उसी तरह आप अपनी डाइट में आलू या शकर ले सकते हैं लेकिन इसे उबाल कर लेना है तला हुआ नहीं उसी तरह डाइट फेट डेरी लेने से भी फ़ायदा मिलेगा जैसे कि मलाई वाला दूध दही या पनीर ये पूरा डाइट प्लान 1700 कैलोरीज का है और अगर इसे इसी तरह फॉलो करते हैं तो एक महीने में तीन से पाँच किलो वजन तक बढ़ा सकते हैं बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं, ज़्यादा तला हुआ या मसालेदार खाना ना खाएं। जो चीनी चीनी को भी अवॉइड करें और वर्कआउट बिल्कुल भी मिस ना करें ये भी ध्यान रखें कि अपनी सात से आठ घंटे की नींद ज़रूर पूरी करें और किसी भी तरह का स्ट्रेस न लें तो अगर अच्छे डाइट के साथ साथ इस चीज़ को भी ध्यान रखें तो वज़न आसानी से बढ़ेगा तो कैसी लगी आज की ये वीडियो मुझे अच्छे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो ज़्यादा यूज़फुल लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें